गाइश फिफात गेम की तो ऐसी मिस्टेक जो अपडेट आने के बाद भी नहीं सुधरी है और गाइस नंबर टू की मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है खतरना यार से पूरी देख लेना बीस तीस सेकंड की वीडियो होने वाली है तो गाइस नंबर वन पर ये मिस्टेक है अगर आपका फ्रेंड ऑफलाइन होता है तो भी वो क्या मालूम कि ऑनलाइन तो दिखाई देता है वो तो काश नंबर दूसरी वाली मिस्टेक के जाने से पहले आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक है को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो हम बंद करके बोलते ही देख संबर टू पर ये मिस्टेक है अगर आप फिफाक खेलते हो तो आपका पिंक बहुत ही ज़्यादा हाई आता